हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पुराना लैपटॉप है वो परचेज करते हैं तो वो पुराना लैपटॉप जैसे ही परचेज करते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं पुराना लैपटॉप खरीदते टाइम तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ की जब भी आप एक ओल्ड लैपटॉप खरीदते हो तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है और उसमें क्या क्या चेक करना होता है की आपको प्रॉपर पता चल जाए की लैपटॉप है वो परफेक्ट है या नहीं है या किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो वो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं और स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ जब भी आप एक लो, तो उसके अंदर आपको क्या क्या चेक करना होता है तो जब फर्स्ट और फर्स्ट सबसे पहले होती है कि की लैपटॉप की कंडीशन या बॉडी आपको पूरी तरीके से वो चेक करनी होती है तो पूरी तरीके से जब भी आप एक ओल्ड लैपटॉप खरीदते हो तो एक अच्छे तरीके से आपको बॉडी है वो पूरी की पूरी लैपटॉप की एकदम चेक कर लेनी है कि कहीं से किसी भी प्रकार से जो बैटरी लैपटॉप की जो बॉडी है वो कहीं से टूटी हुई नहीं हो टूटी हुई होगी तो आपका लैपटॉप है तो वो कम चलेगा तो सबसे पहले आपको वो सारी चीजें वो चेक कर लेनी है सबसे पहले यह होता है कि आपने बॉडी चेक कर ली उसके बाद आपको क्या करना है सिंपली लैपटॉप को ऑन कर लेना है उसके बाद यूएसबी पोर्ट जितने भी होते हैं सारे के सारे है वो चेक कर लेना है बाई मिस्टेक कोई भी यूएसबी पोर्ट है वो खराब न हो और उसके बाद चेक कर, लेना है, राइटर चेक कर लेना है और सबसे जरूरी बात है की आपके लैपटॉप में एस है, है या एच है दोनों है वो चेक कर लेना है एस और एस एस डी का मतलब होता है कि एच के अंदर आपका लैपटॉप नॉर्मली चलता है जबकि एस के अंदर लैपटॉप है वो आपका एकदम मक्खन की तरह वो दौड़ता है भागता है, हैदम स्पीड से तो ये तो रही जनरल, नॉर्मली बातें अब लैपटॉप को अंदर से हम लोग कैसे चेक करने वाले हैं वो भी आपको मैं सारी चीज़ें वो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है अपने लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन डिटेल रेम वगैरह या ग्राफिक कार्ड है या नहीं है उसको चेक करने के लिए आपको सिंपली क्या अपने simply आपको क्या करना है यहाँ पर आना है और आपको यहाँ पर लिखना है आर यू रन लिख के यहाँ पर आपको कोई भी जो कमांड फाइल है वो आपको यहाँ पर देना है डी D I A G. सिंपली ये आपको है वो सर्च करना है और यहाँ पे इंटर कर देना है और यहाँ पे जैसे ही यस है तो आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों तो यस कर देना है जैसे ही ये आप यस करोगे तब यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप की जो पूरी डिटेल्स वगैरह है वो सारी की सारी है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी देखिए यहाँ पे जो भी प्रोसेस है जो विंडो लगा हुआ है देखो कोर आई फाइव जनरेशन है तो ये रेम वगैरह सारी है वो यहाँ पे शो कर देता है आप देख रहे हो इसके अंदर यदि आपको ग्राफिक कार्ड चेक करना होता है तो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड के वो सारी की सारी डिटेल्स सा है वो आ जाती है तो इस तरीके से सिंपली आप किसी भी लैपटॉप के अंदर ग्राफिक कार्ड वगैरह या उसकी जो जो भी डिटेल्स वगैरह है वो सारी यहाँ पे आप रहा है वो देख सकते हो और आइडिया लगा सकते हो कि उसका क्या प्रोसेसर है क्या रेम वगैरह है सारी इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से वो चेकआउट कर सकते हो लैपटॉप तो इस तरीके से आप अपने लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन या ग्राफिक कार्ड वगैरह सब रैम रोम सब जो चेक कर सकते हो इजीली। उसके बाद आपको क्या करना है अपने लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड को चेक करना है कि कीबोर्ड में किसी भी टाइप की की वगैरह काम नहीं करती है या कोई भी कीबोर्ड के अंदर इशू है या कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है की प्रॉपर है वो वर्क नहीं कर रहा तो उसके लिए भी आपको सिंपली क्या करना है अपना लेपटॉप का क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है ब्राउजर पर आना है और यहाँ पर आपको लिखना है की टेस्टिंग तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ की टेस्टिंग तो यहाँ पे आपको सिंपली कीबोर्ड टेस्टिंग ऑनलाइन पे सर्च करना है यहाँ पे आ जाएगा कि विंडोज़ है या मैकबुक है तो मैं विंडोज़ सिस्टम में कर रहा हूँ अब तो आप यहाँ पे कीबोर्ड के सारे बटन है वो एक एक दबा के वो चेक कर सकते हो और जो बटन चेक हो चुके हैं उन पे ऐसा है वो टिक हो जाएगा गहरा हो जाएगा बाकी ये गहरे नहीं होंगे तो जैसे जैसे अपने दबाते जाएँगे वैसे वैसे टिक है वो गहरे होते जाएंगे इसका मतलब वो बटन है वो सारे के सारे वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं जैसे देखो मैं आपको थोड़ा सा लेने के लिए दिखा देता हूँ तो ये सारे के सारे बटन है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं तो इस तरीके से आप वो चेक कर सकते हो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से पूरा कीबोर्ड तो इस तरीके से आप अपने लैपटॉप के अंदर की है वो भी चेक कर सकते हो अब बात रही आपके लैपटॉप की सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट की जब भी आप लैपटॉप लेते हो तो बेसिकली उसके अंदर कैमरा है वो प्रॉपर वर्क करना चाहिए तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है आप तो दोस्तों बात जब विन्डोज़ टेन की आती है तो विंडोज़ टेन के अंदर यहाँ पे हम सिंपली है वो कैमरा है वो आराम से चेक कर सकते हैं लेकिन जब अपने बात करते हैं विंडोज़ सेवन के अंदर तब आपको यहाँ पे लिखना है वेब कैमरा टेस्टिंग और फर्स्ट ही फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है डिटेक्ट हो जाएगा यहाँ पर वेब माई टेस्ट माई वेब पर क्लिक करना है और आपका कैमरा है वो लैपटॉप का ईजीली वो चेक हो जाएगा और अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो आप ओल्ड लैपटॉप खरीदते हो उस समय यदि आप जिससे लैपटॉप ले रहे हो उसके पास बिल अवेलेबल हो जाता है लैपटॉप का जब उसने बाई किया था उस टाइम का तब उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है जिससे आपको पता चल जाता है कि बैटरी चेंज की हुई है या नहीं की हुई उसका चार्जर ओरिजिनल है या नहीं है ये सारी डिटेल है वो आप उसके बिल के अंदर है वो चेक कर सकते हो तो जहाँ तक कोशिश यही करना कि बिल मिल जाए वरना बिल नहीं मिले तब आप लैपटॉप को अपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना है बैटरी वगैरह की ओरिजिनल है या नहीं है वो सारी आप जब भी अपने लैपटॉप को ओपन करोगे तो उसके अंदर एक सीरियल नंबर होगा उसको आप ऑनलाइन गूगल पर भी चेक कर सकते तो दोस्तों मेन जब अपने ओल्ड लैपटॉप ख़रीदते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपना लैपटॉप है वो खोल के वापस बंद करके अच्छे से चेक करना है कि किसी भी प्रकार की हिंज के अंदर जैसे मैं जूम करके दिखाता हूं आपको इस टाइप से कोई भी हिंज है वो बाई मिस्टेक लैपटॉप के अंदर टक्कर रहे हैं या आपने लैपटॉप को ऑन ऑफ कर रहे हैं तब लैपटॉप में किसी भी प्रकार का इशू या दिक्कत आ रही है ये तो रही मेन नॉर्मल जो भी बेसिक दिक्कतें होती है वो अब उसके बाद अपने लैपटॉप खरीदते हैं लेपटॉप अपना पावर बोर्ड में ऑन है जैसे ये लैपटॉप अभी चल रहा है जैसे आप आपको स्क्रीन पर मैं दिखाई दे रहा हूँ लैपटॉप मैंने ऑन किया लैपटॉप ऑन हो रहा है सिंपली अब आपको करना क्या है लैपटॉप को हल्का सा बंद करना है थोड़ा सा और वापस उसको ऑन करना है तो आपको देखना क्या है कि क्या लैपटॉप स्लिप मोड में चला गया तो देखो जैसे ही मैंने इसको बंद किया तो लैपटॉप की स्क्रीन है वो बंद हो गई और जैसे ही उसको ऑन किया तब तो उसकी जो स्क्रीन है वो ऑन हो गई तो ये क्या होता है लेपटॉप स्लिप मोड में चला जाता है तो ऐसे लैपटॉप में क्या होता है स्लिप मोड में नहीं जाता तो उनके जो सेंसर है वो यहाँ से या तो निकाल ले जाते हैं या फिर बाय मिस्टेक सेंसर वगैरह वो, वो खराब हो जाते हैं तो ये जरूर चीज आप चेक कर लैपटॉप जब भी खरीदते हो तो कि उसका सेंसर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा अब ये तो रही बेसिक जो भी आपने खरीदते हैं उससे पहले आपको थोड़ा सा लैपटॉप के अंदर हैवी टास्किंग करके देख लेना है कि कहीं फैन ओवर हीट तो नहीं कर रहा इससे ओवरहीट करने से क्या है आपको लैपटॉप जब भी चलाओगे तो ओवरहीट करेगा तो आपके आप बहुत सारी दिक्कतें होंगी या लैपटॉप कुछ देर चल के बंद हो जाएगा या उसकी लाइफ है वो ज़्यादा नहीं रहने वाली तो जो ओवरहीट कर रहे हैं लैपटॉप तो ऐसे लैपटॉप है वो बिल्कुल भी परचेज़ न करें क्योंकि आपको लाइफ में ऐसे लैपटॉप है वो बहुत सारी दिक्कतें देने वाले हैं और मेन जो दिक्कत है वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको कि यू जो पॉइंट है वो सारे चेक कर ले वी चेक कर ले, एच चेक कर ले, ये सारे पोर्ट है वो अच्छे से चेक कर ले, उसके बाद ही एक ओल्ड लैपटॉप है वो बाय करें और आप अपने लैपटॉप को अच्छे से है वो केयरिंग करें तो मैंने लैपटॉप के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो मैंने आपको देने की कोशिश की आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है आपको नॉलेज मिल रहा है दोस्तों यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है और आपको नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें और हाँ दोस्तों ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको टेक्निकल से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं वो मिलते रहेंगे चाहे वो लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो या मोबाइल से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ वगैरह है वो सारे इसी चैनल पर मिलते रहेंगे तो कीप सपोर्ट